डेयरी मिल्क होते हैं बहुत यम्मी क्या तुम बनोगे मेरे बच्चों की अम्मी अपने दोस्तों के अंदर एक नया गुस्सा जगा देता हूँ कि अपने दोस्तों के अंदर एक नया गुस्सा जगा देता हूँ और जब भी मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ ना तो मैं उंगली लगा देता हूँ अरे भाई तू जा रहा है क्या हाँ भाई अभी की फ्लाइट है भाई अगर कोई रास्ते में कुछ खाने के लिए दे ना तो ध्यान रखना खाना मत ठीक है ना भाई हाँ बिल्कुल सही कराए कोई भी कुछ भी दे तो खाना मत पे ले जा रहा घर पे भाई साहब भाई साहब प्लीज ऊपर वाला के नाम पे कुछ दे दो भाई साहब अभी साले तेरे को शर्म नहीं आती रोड में बैठ के भीख मांग रहे है। हैं तो भीख मांगने के लिए क्या ऑफिस खोलू क्या मुझे ना किसी के ऊपर जाना है ना ही किसी के नीचे आना है मुझे सिर्फ पैसा कमाना है ये दुनिया है जनाब या होटो से नहीं नोटो से बात होती है हेलो डॉक्टर। हाय। मैंने ना प्रोटेक्शन यूज की थी फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है बताने कैसे अच्छा चलो तो मैं कहानी सुनाती हूँ एक दिन में एक शिकारी गन की जगह अम्ब्रेला लेकर शिकार पे चला गया सामने शेर आया और उसने गन की जगह अम्ब्रेला खोल लिया। एंड शेर मर गया ऐसे कैसे हो सकता है किसी और ने बंदूक चलाई होगी। exactly. भाई, चल पे बैठेंगे भाई तू मरने के बाद स्वर्ग जाएगा नर्क अब तेरे को झा जा जाना है जा मैं नशे की हालत में कहीं नहीं जाता हूँ जा कितना भी चीनी डाल दो वो कड़वा रहता है और दोस्त कभी स्मार्ट और सेक्सी नहीं बनता वो सिर्फ भड़वा रहता है जिस चीज में दिल लगे ना, उसमें जान लगा दो हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, बीच में ना बोल।